नजदान मारे ला परी रूप के पाई सिंगरा बिजली की राय दे रे बजारी रूप के पाँ सिंगराले बिजली की राय देने दे। रे एड़ी उठल जुती के पाई पींधा गली गली छमक चलल एड़ी उठल जुत्त के पाई पींधा गली गाली छमक चला ले बात मोटे काले टुकड़ाले महतो मुई दिल रेस बातें काले मुकेरा मोहत मुई दे रे जोड़ा मंदर बाज सुन के मन भी बीजे जोड़ा मंदर बाज सुन के मन भी बीज रेमक जलोक जलो तुम धीरे जलो रे, रे। तेरी नदी तारी रूप बेटे सिंगरा सिंगराले बिजली गिरा दे, दे, दे।